यादव वंश ये हो गया वारंगल का कांश इसके बाद हमको देखना यादव वंश दूसरा नंबर वन यादव वंश ये महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में था साउथ महाराष्ट्र में चल रहा था कर्नाटक महाराष्ट्र के पास यहां पे चल रहा था यादव वंश इस वंश की जो राजधानी थी यादव वंश की वो थी देवगिरी देवगिरी देवगिरी के बदला हुआ नाम कोई बता सकता है देवगिरी का आप में से कोई आइडिया देवगिरी का नाम बदला गया था अब देवगिरी का नाम बदल दिया गया और ये दिल्ली सल्तनत के तुगलका, तुगलक वंश के समय में इसको बदला गया था। इस बता सकते इसका नाम बदला हुआ अरे यार बताओ सोचो सोचो दो लेके चला देखिये इस वंश ये जो वंश था थे यादव वंश इसके संस्थापक भिल्लम नाम के भिल्लम पंचम भिलम पांच भिल्लम पांच इस वंश के अगला शासक देव देखिए राम चंद्र देव इससे पहले एक और था प्रताप रुद्र देव था हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी राम देव की नंबरों में कंफ्यूजन तो प्रताप रुद्रदेव है इधर रामचंद्रदेव है रामचंद्र देव दोनों का नाम इसका भी युद्ध हुआ इसके साथ अलाउदीन ने हरा के लिए किसे भेजा मल्लिक काफू नो डाउट सोच मलिक मल्लिक बड़ी खतरनाक सेनापति था इसमें कोई डाउट नहीं बहुत ही निर्दयी था उसको केवल अपनी जीत दिखती थी मान मर्यादा कुछ नहीं दिखता था कुट ये मलिक तो मलिक ने कहा इससे रामचंद्र देव से कापूर, आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ली मल्लिक ने कहा आप हमारी अधीनता को रामचंद्र देव से मलिक कापुर आप हमारी अधीनता स्वीकार कर ली मलिक काफूर ने कहा आप हमारी अधीनता को स्वीकार कर लीजिए देखिए हम लोग अभी नीचे आपके जो साउथ में है वारंगल इन्हों ने अभी अपनी अधीनता स्वीकार कर दी आप भी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली रामचंद्र देव ने कहा कि ना भैया हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे मृत्यु स्वीकार है युद्ध करेंगे और युद्ध किए इतना बेहतरीन ढंग से लेकिन हम आपको फिर बता रहे अगर आपका साम्राज्य छोटा रहे और उस वक्त की लड़ाई घोड़े पे चढ़ के होती उस समय थोड़ी ना राफेल जहाजो थे सब अपाची हेलीकॉप्टर लेके चढ़ जाओ ऐसा नहीं था से होती थी। से से तो साम्राज्य छोटा होने की वजह ये चारों ओर गए, और के पराजित कर दिया लेकिन मलिक का पकड़ के लाए इनको तो मलिक काफूर को लगाया डरे का भैया हमारे और प्रताप रामचंद्र देव थोड़ा भी नहीं डरा मलिक काफूर से एकदम डट के खड़ा रहा मलिक काफूर ने बोला कि काट उठ दिया जाए सर काट दे तुम्हारा जो मन करो युद्ध में हमारी सेना युद्ध में हमारी सेना उतनी बड़ी नहीं साम्राज्य उतना बड़ा नहीं तो यह संदेश मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजू को दिया इसे जरा कदम कौन राजा हार गया तब तो वो डट के खड़ा है देख रहे एक मन करता है हम इतना काटे जिसका कोई हद नहीं अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कुछ नहीं करो उसको उसको दिया जाए उसको एक छोटे से जगह तो बहादुरी को देख के अलाउदी ने एक जागीरदार एक, एक, एक छोटा सा एरिया दे दिया कहा कि आप यहाँ के हमेशा के लिए शासक रहेंगे यहाँ पर देवगिरी के पास इन्होंने दे दिया कहा कि आपको नहीं छाएगा लेकिन भैया अलाउद्दीन खिलजी का रही हमारा भी अपना शौक है कि पूरा बड़का राजा बनेंगे यहाँ बहुत बहादुरी से लड़े थे और बाद में धीरे धीरे इस साम्राज्य पर किसका अधिकार हो गया अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण तो तो तो भारत में सामंत का मतलब बताइए तो भाई हम बताए थे आपको सामंत का मतलब इन यादवों के सामं सामंत का मतलब बताइए एक आदमी करेगी सर समझ में नहीं आ रहा है था भाई आप शुरू से क्लास नहीं किए होंगे क्योंकि तो सब आपस में कनेक्टेड है अब मान के चलिए कोई नया एडमिशन लिया बीच में घुस जाए उसके लिए है कि भाई आप शुरू से देखते हैं आपको समझ में आएगा मान के चले हम बोल रहे हैं सामंत आपको पता ही नहीं है सामंत सामंत समझने में तो दिक्कत होगा ही जब की दिक्कत होगा हमारा सामंत इसी के सामंत थे हल वंश हो यह वंश था वैसल वंश द्वार समुद्र राजधानी द्वार समुद्र की राजधानी द्वार समुद्र अलाउद्दीन खिलजी ने लाख कोशिश किया कि को जीतकर अपने में मिला लिया जाए लेकिन यह बार बार साउथ में होने के वजह से भाग जाता था अलाउद्दीन खिलजी को इसे जीतने में सफलता नहीं मिल पा रही थी इसकी राजधानी द्वार थी विष्णुवर्धन जो थे वो इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन इनका वेल्लोर में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है विष्णुवर्धन विष्णुवर्धन विष्णुवर्धन वेल्लोर में वेल्लोर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है आप वेल्लोर के मंदिर का नाम बता सकते हैं ये कई बार पूछा है वेल्लोर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अब मंदिर का नाम बताइए चेन्ना केशव मंदिर बेल्लौर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर क्या नाम क्या है चेन्ना केशव मंदिर चेन्ना केशव मंदिर है चेन्ना केशव मंदिर है चेन्ना केशव मंदिर, मंदिर।, मंदिर। यह बेल्लोर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है चेन्ना केशव मंदिर कहना क्या चेन्ना केशव मंदिर आगे बढ़े वैसल वंश की राजधानी थी द्वार समूह इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजकर आक्रमण कराया था इसके अधिकार विभाग को यह जीत लिया था लेकिन कभी भी इसको पूरी तरह से पराजित करने का मौका नहीं मिला क्योंकि दक्षिण का धीरे धीरे हौसल वंश भी समाप्त हो गया था धीरे धीरे होसल वंश भी समाप्त हो गया था इधर वाला कौन सा वंश भैया वारंगलिया वंश कांश की राजधानी वारंगलिए तो फटाफट अब एक बार रिवाइज कराते हैं